गाइस hey ये एक्सटेंशन आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है इसका नाम है सुपर डार्क मोड डार्क मोड इनेबल करने में आपको जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो है सुपर डार्क मोड किस तरह से इसे अपने क्रोम एक्सटेंशन के अंदर एड करके इसको यूज करना है यहाँ पर है क्रोम एक्सटेंशन क्रोम वेब स्टोर इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है और आप लोगों ने सर्च करना है सुपर डार्क मोड और सुपर डार्क मोड आपके सामने ये एक्सटेंशन आ जाएगा सिंबल तो लेकिन इतना ज़्यादा डार्क नहीं है काफी ज्यादा डार्क हो गया ये डार्क ही डार्क हमें महसूस हो रहा है और यही चीज हमें चाहिए तो ये एक्सटेंशन आपको हेल्प करेगा सुपर डार्क नोड में और ये आपकी आईज के लिए भी बेहतरीन है ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कॉमेंट करके लाजमी बताइएगा